नमस्कार दर्शकों चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार दिन और 21 मार्च जी हां आज का दैनिक राशिफल क्या कहता है आप सभी दर्शकों के लिए इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आज के दिन को प्रभावी और शुभ बनाने के लिए कुछ विशेष टिप्स कुछ विशेष उपाय आप लोगों को बताएंगे इसको करके आज के दिन को आप लोग जो है

बहुत ही आनंदित बना सकते हैं क्योंकि देखिए तुला राशि हो गई आपकी और मिथुन राशि हो गई इस पर शनि की ढैया लगी हुई है साथ ही साथ दर्शकों ये देखा जाए तो धनु राशि मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साथ चल रही है शनिवार दिन दर्शकों रहेगा तो शनिवार

के दिन यदि शनि के उपाय किए जाएं तो निश्चित ही कष्टों से मुक्ति और निवारण मिल सकता है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर बारह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर चौदह मिनट पर दर्शकों नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा और सदबिशा नक्षत्र रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे त्रयोदशी तिथि है तो ब्रह्मा व्यवर्ष पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि त्रयोदशी के दिन बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए चतुर्दशी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए और अमावस्या को जो हरी साग होते हैं

कासे के पात्र में नहीं खाना चाहिए किसी भी प्रकार के नैतिक काम नहीं करने चाहिए करण की बात करें तैतिल गर और वणिज करण रहेगा वहीं योग की बात करें तो सिद्ध और साध योग रहेगा चंद्रदेव जो आज चलायमान रहेंगे दर्शकों तो ये सुबह छह बजकर बीस मिनट तक की मकर राशि में चलायमान रहेंगे इसके बाद ये कुंभ राशि एक में चले जाएंगे सूर्यदेव मीन राशि में चलायमान है आज के शुभ समय पर आ जाते हैं

तो शनिवार के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह ग्यारह बजकर उनचास मिनट से बारह बजकर सैंतीस मिनट के बीच आप लोग इस बेला में शुभ कार्यों को कर सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों राहु काल पर आते हैं तो प्रातः नौ बजकर तेरह मिनट से दस बजकर तैंतालीस मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा राहु काल में शुभ कार्यों की मनाही है

दर्शकों शनिवार दिन और दिशाशुल तो आज पूर्व दिशा की ओर दिशाशुल रहेगा पूर्व दिशा की ओर आज आपको यात्रा करने से बचना होगा आ, यदि करनी पड़ जाए तो अदरक का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं और पहले पश्चिम दिशा की ओर चार पग चल लीजिएगा उसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं

तो राशि चक्र में पंचांग के बाद राशि चक्र में हमारी पहली राशि प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि देखिए मेष राशि के जातकों आज जिनको आपने पैसा उधार दिया होगा वो पैसा आपको वापस मिलने की बहुत हद तक की उम्मीद रहेगी शनिवार का दिन खुद में बदलाव लाने का दिन है आज आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए तमाम ऐसे अवसर तमाम ऐसी योजनाएँ आपको जो है मिलती हुई दिखाई पड़ रही है जो लोग

स्टेशनरी से संबंधित कॉपी किताब पेन पेंसिल इत्यादि से रिलेटेड बुक्स से रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको सैटरडे के दिन विशेष लाभ मिलने वाला है मेष राशि के जातकों के अंदर आज ऊर्जा अचानक से बढ़ी हुई रहेगी मेष राशि के कोई जातक आज छोटे मोटे जो है भूमि के टुकड़े में फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे साथ ही साथ आज के दिन को उत्तम बनाने के लिए हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा छः और आज भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा सतत

प्रतिशत अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि देखिए राशि के जातकों शनिवार का दिन रहेगा तो पूजा पाठ में मन आज आपका बहुत ज्यादा रहेगा और आज चंद्रदेव भी कुंभ राशि में चलाएमान है साथ ही साथ परिवार के साथ आज आप लोग कहीं दर्शन पर वीकेंड पर घूमने जा सकते हैं किसी रमणीय स्थल पर जा सकते हैं धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है जो छात्र इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है उनके लिए शनिवार का दिन आज का अनुकूल रहने वाला है जो भी छात्र छात्राएं

घर से दूर रह कर के किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज उनके शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा साथ ही साथ वे सरकारी नौकरी के लिए आज के दिन चयनित भी हो सकते हैं किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए आज कोई कॉल भी आ सकती है आज शनि के कुप्रभाव को दूर करने के लिए करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोगों को चाय पत्ती का दाम धर्म स्थान पर देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा इकहत्तर

अगली राशि मिथुन राशि जयमिनी देखिए मिथुन राशि के जातकों आज शनिवार के दिन तमाम नए बदलाव आपके कार्यक्षेत्र में होते हुए दिखाई दे रहे हैं शनिवार की शाम को आज आप अपने जो है किसी फ्रेंड्स के साथ जो है किसी इवेंट में शामिल हो सकते हैं साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए शनिवार का दिन आज फायदेमंद रहने वाला है पढ़ाई के प्रति आज आपकी रुचि बहुत बढ़ चढ़कर रहेगी साथ ही साथ आज आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते काफी मधुर होंगे किसी नए टेंडर से आज मिथुन राशि के जातकों को कोई बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है घर के आसपास किसी सामाजिक

दशरथ तो तो का पाठ करिएगा और आज मीठा चावल आपको कौ को खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा बयासी प्रतिशत

कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि के जातकों आज सेटर्डे के दिन ऑफिस में दूसरों के सामने अपना मत रखने में आप लोग सफल हो सकते हैं छात्रों के लिए शनिवार का दिन ठीक ठाक रहेगा लेकिन आज, आज आपको मेहनत जो छात्रवर्ग हैं इनको अधिक करनी पड़ेगी स्वास्थ्य के प्रति भी आज आपको सतर्क रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं नियमित रूप से आप लोग जो है यदि कोई बीमारी चली आ रही तो उसकी दवाओं का सेवन करें उसमें किसी भी प्रकार का गैप मत करें अन्यथा आप लोगों के सामने कोई बहुत बड़ी बिकट समस्या हो सकती है आज

कोई नया दोस्त आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही साथ जो लोग दूध से संबंधित खोए से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं चावल से संबंधित शक्कर से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज

मित्रता आपके सामने आएंगे मित्रता के कई ऑफर आएंगे साथ ही साथ यदि कोई इंटरव्यू आपने दिया है तो रोजगार के कोई अवसर मिल सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कुत्तों को आप लोगों को रोटी खिलानी थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा उनहत्तर सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं सिंह राशि के जात आज का दिन जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर करने का दिन रहेगा आर्थिक पक्ष शनिवार वाले दिन

पहले से अधिक मजबूत होगा आज माता पिता का उत्तम सहयोग प्राप्त होगा सोचे हुए आपके सभी काम समय से पूर्ण होंगे साथ ही साथ आज आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे और उनको आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज कोई नए प्रेम की दस्तक आपके जीवन में हो सकती है ऑफिस में उच्च अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा जो लोग हेल्थ फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके कार्यक्षेत्र तो में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट और जो है उनको अवॉर्ड मिल सकता है

साथ ही साथ आज पारिवारिक रिश्तों में मधुरता होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन चाय पत्ती का दान और गुड़ का दान धर्म स्थान में दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा पचहत्तर प्रतिशत कन्या राशि की ओर बढ़ते कन्या राशि के जात को

आज किस्मत का भरपूर साथ यदि मिलेगा तो आपको मिलेगा साथ ही साथ ऑफिस में आज आपका कोई बहुत जरूरी काम पूरा होगा दांपत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा जीवन साथी के साथ आज आप लोग कहीं बाहर शाम को घूमने फिरने जा सकते हैं शनिवार का दिन कन्या राशि के जातकों को बड़ा एनर्जेटिक महसूस फील कराएगा जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको मान सम्मान में वृद्धि होगी इसके साथ ही समाज में भी लोगों के बीच आज आपकी अच्छी बातचीत रहेगी नौकरी तलाश रहे लोगों को शनिवार को सफलता मिलेगी

समाज में मान सम्मान बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना रहेगा साथ ही साथ शनि मंदिर में जा करके आज आप लोगों को दर्शन करने के सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वॉलेट

जो है कलर पर्पल कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा इक्यासी प्रतिशत हमारी अगली राशि आती है ये आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि देखिए तुला राशि के जातकों आज ऑफिस में शनिवार को काम का बोझ अधिक रहेगा लेकिन शाम तक की आपका कार्य आसानी से पूरा होगा निपटा लेंगे साथ ही साथ आज

काम पूरा करने में आपको किसी सहकर्मी की मदद भी मिलेगी आपके करियर में अचानक बदलाव आ सकता है जिससे आज आपको धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा शनिवार को नए दोस्त बनेंगे शनिवार को वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा आज कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं और जोखिम भरे कामों को करने से आज आगे आगे आपको बचना होगा मंदिर में साफ सफाई में जो है आज आप लोग सहयोग करिएगा साथ ही साथ धर्म स्थान पर यदि हो सके तो आज आप लोग जो है

सवा किलो चाय पत्ती का दान आप लोग जरूर करिएगा उड़द के बड़े यदि हो सके तो बना करके आज आप किसी लेबर वर्क को खिलाए ठीक रहेगा दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का आप लोगों को पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और भाग्य का प्रतिशत रहेगा पिचासी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं स्कॉर्पियो देखिए वृश्चिक राशि के जात आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियाँ संभालना पड़ सकती है आज का दिन

आपके घर पे मेहमानों के आने का दिन है साथ ही साथ आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हो सकती है और आपकी दोस्ती उनसे हो सकती है आपके सारे अभिष्ट कामों की सिद्धि उन व्यक्ति के द्वारा हो सकती है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा आर्थिक रूप से आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई चली आ रही है कुछ दिनों से जो समस्याएँ आपके साथ थी वो आज सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ आज आपका काम बेहतर ढंग से पूरा होगा बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपको पैर छू के लेना रहेगा पूरे

सफलता आज आपको मिलती रहेगी और आपको करना क्या रहेगा देखिए वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं हनुमान अष्टक को नहीं जानते है कभी तो हनुमान अष्टक का आज आप लोगों को पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज लाइट ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक और भाग्य का प्रतिशत रहेगा यह रहेगा अठहत्तर

सर्जिटेरियस जी हाँ शनि की साढ़े साथी का यहीं से प्रारंभ हो जाता है तो धनुराशि के जातकों शनिवार का दिन आज आप लोग अपने दोस्तों के लिए मददगार साबित होंगे ऑफिस में आज आपके कार्य की बड़ी तारीफ होगी साथ ही साथ आज आपके उच्चाधिकारी बॉस आपके बेहतर प्रदर्शन के लिए पदोन्नति पर विचार और विमर्श कर सकते हैं बिजनेस माइंड के लिए शनिवार का दिन फायदेमंद रहने वाला है कार्य में किसी पुराने जो है क्लाइंट से आपको अधिक धन लाभ हो सकता है आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं और शनिवार का दिन

खुद को स्वस्थ महसूस कराने का दिन रहेगा लोगों को आज तेजी से परखने की क्षमता आपके लिए फायदेमंद साबित होगी आज रिश्तों में मजबूती आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो पीपल वृक्ष पर आज आपको जल में गुड़ मिला करके काला तेल डालकर के जलार्पण करना रहेगा ओम शंशनिश्चराय नवा मंत्र से और शाम के समय एक पीपल के वृक्ष के पास आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना रहेगा चौमुखी दीपक शुभ कलर आपके लिए रहेगा

ये रहेगा लाइट जो है क्रीम कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन और आज भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा पैंसठ प्रतिशत मकर राशि जी हां शनि की साढ़े साथ मकर राशि पर भी चल रही है दूसरा चल रहा है मकर राशि के जात को देखिए शनिवार को आज आप लोग सकारात्मक विचारों के साथ अपने काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे शनिवार को किसी करीबी मित्र से आज आपकी मुलाकात होगी और कई महीनों में ये जो है मुलाकात आपके लिए खास रहने वाली है

जो लोग अविवाहित हैं तो विवाहितों को कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ से निमंत्रण आ सकता है जहाँ आप बहुत दिनों से ना जा पाए हों

भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है घर में नए मेहमान के आने के योग बन रहे हैं यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता आज आपके हाथ लगेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज दशरथ के शनि स्रोत का तीन बार पाठ करिएगा मंदिर में फलों का दान करिएगा और आज देखिए माता पिता के चरण स्पर्श करके तब आपको घर से निकलना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये

रहेगा सतासी प्रतिशत हमारी जो अगली राशि कुंभ राशि देखिए कुंभ राशि के जातकों आज शनिवार का दिन आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है बढ़े हुए आत्मविश्वास से आज, आज आप सभी कार्यों को सफल कर सकते हैं साथ ही साथ आज आपका जरूरी काम जल्द ही बन जाएगा ऑफिस में भी काम के प्रति माहौल अच्छा रहेगा जिससे जो है आप बहुत ज्यादा जो है शांति और रिलैक्स फील करेंगे जो लोग विवाहित हैं

इनको आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग बन रहे हैं बिजनेस के काम में आज बड़ा धन लाभ होगा आज शत्रु पक्ष शनिवार को आपसे दूरी बना कर के रखेंगे जो लोग लकड़ी के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके हाथ कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है आज आपके बिगड़ते काम जो है बनते हुए नजर आएंगे जो काम आपके अभी तक बिगड़ चुके हैं वो अब बनना शुरू हो जाएंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और आंवले के तेल का दान

और पीले सिंदूर का दान चांदी का जो है वर्क जो होता है ये सात पत्ता ले लीजिएगा और शनि मंदिर में आप लोग दान कर दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आपके लिए जो है ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ

भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा बानबे प्रतिशत अंतिम राशि पर चलते हैं हमारा अंतिम पड़ाव आता है मीन राशि तो मीन राशि के जात को शनिवार का दिन आज बेहतर रहने वाला है अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आज आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जाइए आपका काम सफल होगा आज आपके जीवन साथी को लेकर के भी तरक्की का कोई अच्छा मौका मिल सकता है ऑफिस में आप सभी काम समय से पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आपकी मेहनत और लग्न देख आज आपके बॉस आपको कोई जरूरत की चीज गिफ्ट कर सकते हैं सेहत के मामले में

थोड़ा सा ध्यान रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं तली भुनी चीज़ों से आज दूर रहना चाहिए आज आपके साथ बढ़िया होगा यात्राओं का योग बन रहा है उच्च अधिकारी आज आपको कोई गिफ्ट इत्यादि या आपका प्रमोशन या आपका इंक्रीमेंट इत्यादि लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्थानांतरण के योग भी आज आपके भाग्य में है

उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज सबसे पहले तो अपने इष्टदेव को आप लोग प्रणाम करिए साथ ही साथ दुर्गा सप्शती के कीलक कवच अर्गला और सिद्ध पुंज का स्त्रोत का पाठ करके तब घर से बाहर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच और आज भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा अस्सी